दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर सुपरफाइन टेक्निकल में दोस्तों आज हम बात करेंगे फेसबुक ने अपना नाम बदल दिया है फेसबुक ने अपना नाम बदलकर रखा है मेटा जिसकी फुलफॉर्म में मेटा वर्स जिसे आप शॉर्ट में मेटा कह है सकते हैं तो दोस्तों ये फेसबुक की तरफ से बड़ी अपडेट और जल्द ही ये हमारे फेसबुक ऐप पर देखने वाला है कि फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा रख दिया है ये सिर्फ अब सोशल मीडिया ही नहीं आप इससे कोई चीज़ भी खरीद सकते हैं बेच सकते हैं और भी बहुत सारे काम करता है इसलिए जो इसके फाउंडर यानी सी हैं मार्क जुगर उन्होंने इसका नाम बदलकर मेटा रख दिया है तो आपको कैसी लगी ये वीडियो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए